हाय फ्रेंड्स मेरा नाम है मिलाल अहमद और आप देख रहे हैं टिप्स 2022 आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि आप कैसे Canva.com के जरिए एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट कर सकते हैं आपने यूट्यूब चैनल के लिए तो आपने अगर मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बटन क्लिक कर दें आप स्टार्ट कर दें अपनी वीडियो सबसे पहले आपने अपने ग्रोम आप तो पर जाना है ग्रोम पर जाने के बाद आपने कैनवा वेबसाइट ओपन कर देनी है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नहीं तो आप सिम्पली गूगल के ऊपर क्रोम के ऊपर सर्च कर सकते हैं ये आपके सामने जो सर्च वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने लिखना है लोगो लोगो लिखेंगे आप तो आपने ये लोगो के ऊपर क्लिक करना है ये आपके सामने ढेरों ढेर थाउजेंड ऑफ लोगोस सा आपके सामने ये ओपन हो जाएंगे बहुत सारा पेड है प्रो में है आपने इधर नीचे जाएंगे यार आप इधर आपको फ्री चाहिए आपने फ्री के ऊपर क्लिक करना है तो ये सारे फ्री होंगे लेकिन ये जो एस का साइन बना हुआ ये पेड है ये आप यूज़ नहीं कर सकते ये अगर आपको यूज़ करने हैं तो आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी आपने फ्री यूज़ करने हैं तो आप फ्री यूज़ करें कोई भी आप ये लोगो देख लें ये तो मेरे डिज़ाइन है ये दिखा रहा हूँ आप कोई भी लोगो देख लें आप इधर से सर्च कर सकते हैं सिम्पल चाहिए मॉडर्न चाहिए आप मॉडर्न पर क्लिक करते हैं मॉडर्न लोगों के रेट हो जाएंगे ओपन हो जाएंगे आपके सामने आपने ये एक लोगों पर क्लिक किया मैं एक लोगो के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरे सामने एक लोगो ओपन हो जाएगा इस तरह की शेप में अब इसको हम एडिटिंग करना चाहते हैं इसकी अब आप जैसे मैं आपको पहले लोगो क्रिएट करके बताऊंगा। गेमिंग लोगो आप गेमिंग लोगो कैसे लिख आपने सर्च के ऊपर टेम्पलेट्स के ऊपर टेम्पलेट्स के ऊपर गेमिंग लिख लेमिंग लोगोस ओपन हो जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे गेमिंग लोगो जैसे हम ये गेमिंग लोगो खोलते हैं ये हमने डक एंड ड्रॉप कर दिया सिंपल अब आप इसमें आपकी बीर आया हुआ है ये आप इसमें नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप इस लिख सकते हैं जैसे मैं लिखता हूं अहमद गेमिंग अहमद गेमिंग कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है नीचे में आपने कोई भी आपकी टीम है आप उसका नाम लिख हैं जैसे मैं जब लिखता हूं टक 20, 22, इसको आप टैक्स ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलर दे दे। हो गया आपका लोगो अगर आप इसमें कुछ और एडिटिंग करना चाहते हैं ये थोड़ा ऊपर कर लें कुछ और आप अगर इसमें तो आप एलिमेंट्स में जाए इधर आप सर्च करें गेमिंग गेमिंग आप सर्च करें आपके सामने गेमिंग वाले कुछ चीजें आ जाएगी उनको आप इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं सिंपली कोई भी आप गेमिंग वाली चीज इधर आपको कोई चाहिए कोई और चीज चाहिए नहीं तो अगर आपको इधर से कुछ चीज पसंद नहीं आ रही तो आप मैं सिंपल मशवा दूंगा कि आप न्यू टैप खोलें गूगल क्लिक करें और इधर आपको जो भी लोगो चाहिए आप इधर लोगो सर्च करें इमेज में जाए इमेज लघु आपको पसंद आता है सिंपल ये लोग पसंद आया इसको सेव इमेज करें यह आपका इमेज डाउनलोड हो जाएगा आपने इसमें जाना है अपलोड्स पे जाना है जो आपका इमेज आप डाउनलोड हुआ है डाउनलोड्स पे जाएंगे ये हमारा इमेज डाउनलोड हुआ है इसको पकड़ के हमने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है ड्रैगन ड्रॉप करने के बाद ये आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारा इमेज ओपन हो जाएगा इसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हैं नहीं तो सिंपल आप ये हमारा गेमिंग लोगो क्रिएट हो गया अगर आप कोई और गेमिंग लोगो देख रहते हैं प्लस पेज करें कोई और देख लें लेकिन प्रो ना हो फ्री हो ये देख लें इस आप इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं आप लिख लें कंट्रोल है आपने प्रेस करना है तो ये आपका लिखा जाएगा अहमद के मिल अहमद के मिल गया बहुत सारे लोगो आपको अवेलेबल हैं कोई भी लोगो आप यूज कर सकते हैं इधर ये, लिख दिया। ये थोड़ा ऊपर हो अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड हो सकता है ये आपकी ये आप ये आप आप छोटा रहे तो वैसे बेटर है इसका कलर आप चेंज कर ले जितना नीट एंड क्लीन लोगो लग रहा है आपका नीचे आप कोई टैक्स देना चाहते हैं आप टैक्स दे सकते हैं बहुत सारे स्टाइल आ जाता है टैक्स अगर आप सिंपल ही टैक्स लिखें तो ज्यादा बेटर रहता है स्टाइल्स पे आप ना जाएं टैक्स में तो वो अच्छा है मेरा ये ख्याल है सिर्फ ये है ये आप ड्रैगन ड्रॉप करें ड्राग एन ड्राप होने के बाद फिर आप कुछ भी लिखें इस पे। ये यह मार्गेट लोगों क्रिएट हो गया उसके बाद अगर हमने एक मैं और लोग को बताऊंगा जिम का लोगो आपने ऊपर जिम लिखना है, तो हो रही है थोड़ी जिम का लोग आपके सामने ये जिम के लोग आ जाएंगे नहीं तो ज्यादातर लोग आपका टैक का चैन खोले जाते हैं टैक्ट लिखे टैग के लोगों को बड़ी मुश्किल से बनाया था ये मिलते नहीं थे लोगो वैसे बहुत सारे लोगो अवेलेबल हैं सिंपल आपको बनाना चाहिए अपना लोगो का लोगो का सिंपल होना चाहिए आपका जितना सिंपल होगा उतना ही बेटर होगा ये आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिखता हूँ इधर टैक्टिक्स टी ट्वेंटी टू थोड़ा बड़ा कर ले, थोड़ा इसको इधर कर लें कुछ और ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर ले जी आपको बहुत सारे टेक् के लोगोस मिल जाएंगे अगर आपको इधर कोई पसंद नहीं आता तो आप सिंपल इधर जाके सर्च करें टैक् लोगो तो आपके सामने बहुत सारे टेक् के लोगो आ जाएंगे आप जैसे ड्रैगन ड्रॉप करके उसको एडिटिंग कर सकते हैं टैक्स लिख सकते हैं स्टाइल होते हैं स्टाइल एक इंपॉर्टेंट थिंग है आप किसी भी लोगों का अपना स्टाइल बदल सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन आपको स्टाइल मिलेंगे यहाँ पर आपके तमाम लोगों के स्टाइल ये देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है ये स्टाइल बहुत कमाल कमाल के स्टाइल इधर आपको मिल जाते हैं ये आपको कहीं से ये सबसे बड़ी इसकी एक थिंग है कि आपको स्टाइल बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे कैनवा में ये देखिए यहाँ पर आप फोटोज आपको कमाल की फोटोज मिल जाती हैं यहाँ पर आपको ये आप, आप, आप एड कर इधर ये भी बहुत कमाल की चीज़ है अगर आपका अब आप ये लोगो क्रिएट हो गया आपने शेप जाना है यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन से अपने जितने भी पेज मेरे चार पेज थे अब मैं तीन करना चाहूँ एक करना चाहूँ दो करना चाहूँ ऐसे चारों ही तो डाउनलोड करना चाहता और पेज करें डन कर दें घर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके चारों पेज डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे ये थी आज की हमारी वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब अवर चैनल टैक टिप्स ट्वेंटी टू गेट मोर अपडेट्स